आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडीज एंड नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है मित्रों आज अति बला की बात करेंगे इंडियन मेलो या कांगी एबूटिलोन इंडिकम मालवेसी का ये प्लांट है और हाईली मेडिसिनल प्लांट है वैसे तो ये विभिन्न प्रकार के रोगों में इस्तेमाल किया जाता है लेकिन आज हम कुछ विशेष उपयोग इसके आपको बताएँगे पूरा पंचांग इस प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है और पूरा पंचांग बनाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए आप इसको पाउडर बना के भी रख सकते हैं साथियों इसके जो फ्रूट्स आप देख रहे हैं इसके अंदर इसका बीज होता है आप इसका बीज देखिए इसके अब जो बीज है ये इस प्रकार से आपको इसमें दिख रहा होगा बीज आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर इसका बीज है इसको हम इकट्ठा करके रख लेते हैं और बीज का डिकॉक्शन बना के अगर देते हैं तो आर्थाइटिस की समस्या का निवारण करता है बीज के अंदर लैगजेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं पुराने से पुराने कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है बीज मूत्र क्रच की समस्या को भी दूर करता है मूत्र क्रच की समस्या किडनी डिसऑर्डर से रिलेटेड समस्या है उसका ये निराकरण करता है साथियों मूल रूप से ये प्लांट कफ और वात जनित रोगों के निवारण के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है कई बार ब्रोंकाइटिस या अस्थमा की समस्या भी हो जाती है उसके निराकरण के लिए आप समस्त प्लांट का डिकॉक्शन बनाकर और उसमें शहद मिलाकर सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा ये कार्य करता है इस प्लांट का पंचांग एफ्रोडाइसिक प्रॉपर्टीज़ भी रखता है एफ्रोडाइसिक का मतलब होता है वाजिकरण के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाला प्लांट यह मेल और फीमेल दोनों के हार्मोन को रेगुलेट करने का कार्य करता है धीरे आप देखेंगे कि यह अप्रोडाइसिक एक्टिविटी के साथ साथ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को भी बढ़ाने वाला प्लांट होता है मित्रों इस प्लांट की एंटी अल्सर एक्टिविटी एंटी आर्थाइटिक एक्टिविटी एंटी फंगल एक्टिविटी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी एंटी पैरासाइटिक एक्टिविटी एंटी लिशमेडल एक्टिविटी और इस प्लांट की विभिन्न प्रकार के रोगों में असाध्य रोगों में भी इस्तेमाल में लाया जाता है यह वंडरफुल इम्यूनो मोडूलेटर भी है डायबिटीज़ के निवारण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है लीवर लंग्स और किडनी उन तीनों के रेमेडिएशन में बहुत अच्छा ये प्लांट कार्य करता है इस प्लांट के पत्तरों का पेस्ट बनाकर आप लगा सकते हैं कई बार स्नैक बाइट से स्कॉर्पियन बाइट से या फिर किसी ऐसे कीट के दंस के विष से सूजन हो जाती है या फिर हमें पता नहीं चलता है कि घाव किस कारण से हुआ है तो आप इसके पत्रों का लेप भी लगा सकते हैं नेचुरल एंटीडोट का ये कार्य करता है यह घाव को भरने का और अगर बाइल्स हो गए हों फोड़े या फुंसी की समस्या हो तो हमें इसके ये जो पत्र और फूल देख रहे हैं इसको पेस्ट बनाकर लगा देना चाहिए आसानी से उनको दूर कर देता है कई बार मित्रों वेरिकोजवीन की समस्या भी हो जाती है तो वेरिकोजवीन की समस्या के, के निराकरण के लिए समस्त पंचांग का आप पेस्ट बनाकर ड्रेसिंग कर दीजिए पट्टी बांध दीजिए और इसका डिकॉक्शन भी साथ साथ पीते रहिए आप देखेंगे कि वेरिकोजवींस की समस्या बहुत आसानी से ठीक हो जाती है इसकी पंचांग का अगर आप फ्यूम्स भी लेंगे तो अस्थमा में वो भी फ़ायदा करती है एंटीडायरियल एंटी डिसेंट्रिक एंटी एक्टिविटी के लिए भी होल प्लांट का पंचांग आपको सेवन करना चाहिए लीव्स क्या करते हैं एंटी फंगल एक्टिविटी का भी कार्य करते हैं बाल उड़ गए हों घने काले बाल के लिए आप लीव्स का पेस्ट बना लगा सकते हैं लीवस का पेस्ट घने काले बालों के लिए आप लगा सकते हैं बीज का उपयोग आप वाजीकरण के लिए एंटीफंगल एक्टिविटी के लिए किडनी डिसऑर्डर्स के रेमिडिएशन के लिए लेगजेटिव एक्टिविटी के लिए उपयोग में ला सकते हैं और समस्त पंचांग का डिकॉक्शन शरीर के शोधन के लिए बात जनित रोगों के निवारण के लिए कफ जनित रोगों के निवारण के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं ब्रोंकाइटिस की समस्या को दूर करता है कई बार शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन की समस्या हो जाती है सूजन की समस्या हो जाती है जिनके कारण हमें नहीं पता होते हैं एम्बीगोस इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स को ये सही करने की क्षमता रखता है प्लूराइटिस की समस्या हो मायोकार्डाइटिस की समस्या हो उन सब के निवारण के लिए भी इसका उपयोग में लाया जाता है नेफ्रोन के फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता है अस्थमा के पेशेंट्स में मित्रों क्या होता है कि यह एक्सपायरेटरी फोर्स वॉल्यूम को बढ़ाता है एक्सपायरेटरी वॉलीम कैपेसिटी को बढ़ाता है इस प्रकार से ये वंडरफुल मैजिकल कार्य करता है आप इसको संरक्षण कर सकते हैं औषधीय गुणों के लिए आप इसको गमले में लगा सकते हैं गमलों में लगाए हुए प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट औषधीय तत्व तो ज़्यादा बायोसिथिसाइज हो जाते हैं ये प्लांट सॉइल से हैवी मेटल्स को भी ले लेता है तो कई बार फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है तो इसीलिए इसकी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस इसकी लगी हुई परिस्थितियाँ विशेष महत्व रखती हैं अच्छे औषधीय गुणों के लिए आप इसको ऑर्गेनिकली कल्टीवेट कीजिए आप इसको अपने गमलों में लगाइए बीज के माध्यम से आसानी से हो जाता है और बीज जैसे हमने आपको दिखाए हैं इसको आप पाउडर बना के या बीज को रख सकते हैं बीज से भी ये प्रॉपिगेट कर जाता है आपके स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए विशेष लाभदायक है आप इसको सेफली प्रयोग में लाएँ जानकारी अच्छी लगे तो साझा करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर हेल्थ अपडेट्स स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड for the health updates thank you